आज इस वीडियो पे जो आपने क्लिक किया इस चैनल पे आप दोबारा आए हैं आज कुछ स्पेशल होने वाला है ये जो, होने वाला है। इस वीडियो में जो आप सीखने वाले हैं तो आपकी जिंदगी को बदल देगा अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देखा और जो मैं बता रहा हूं उसे अप्लाई किया जिंदगी में तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी का स्तर बढ़ जाएगा आपकी खुशियां बढ़ जाएंगी और जो आप अपने सपने यहां पर देखते हैं वो हकीकत में तब्दील होना शुरू हो जाएंगे so, इस वीडियो में ऐसा मैं क्या बताने वाला पैसे के सात नियम सी समीपल टॉक अबाउट मनी बट अदर है कुछ लोग पैसे के बारे में बात करते हैं बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास एक्चुअल में पैसा होता है या तो आज आप बहुत सारा पैसा कमा रहे हो या बहुत ज्यादा पैसा गंवा रहे हो आपको क्या करना है पैसा कमाना है गवाना है अगर आपको पैसा बनाना है पैसा कमाना है इफ यू नीड टू नो हाउ यू कैन क्रिएट वेल्थ इन योर लाइफ दिस इज द वीडियो ना हम शुरू करेंगे पहले रूल के साथ बट बिफोर दैट आई वॉन्ट टू से अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो या अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे जो सब्सक्राइब बटन है उस पर अभी क्लिक कर लीजिए सब्सक्राइब कर लीजिए एंड जिसके साथ में नोटिफिकेशन पहले उस पर जरूर क्लिक करना क्योंकि इस तरीके की वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको लगातार मिलती रहती है इस चैनल पे हमारी वीडियोस के माध्यम से बट कुछ लोग ऐसे हैं जो वीडियोस को मिस कर देते हैं क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक नहीं किया तो अगर आपने अभी तक बेल पे क्लिक नहीं किया तो अभी के अभी आप क्लिक कर लो ना हम शुरू करेंगे विद द वेरी फर्स्ट रूल ऑफ मनी एंड दैट इज मेकिंग मनी इज अ गेम पैसा कमाना एक खेल है अब जब मैं ये बोल रहा हूं कि पैसा कमाना एक खेल है आप बोलोगे सर खेल कैसे है? खेल तो बड़े आसान होते हैं तो पैसा कमाना बड़ा आसान होगा वेल आई टेल यू दस अगर आप कई सालों से लगातार क्रिकेट खेलते जा रहे हो आपको क्रिकेट खेलना आता है आप आज मेरे साथ क्रिकेट खेलते हैं हम दोनों बैटिंग करते हैं तो चांसेस क्या होंगे अगर मुझे क्रिकेट खेलना नहीं आता तो आप ज्यादा रन बनाओगे क्लियर अगर आप कई सालों से खेल रहे हो तो आप बढ़िया खेल रहे हो गे? और मैं पहली बार आगे क्रिकेट खेलूंगा तो मैं उतना बढ़िया नहीं खेल पाऊंगा सिमिलरली अगर आप बॉलिंग कराओगे और आप कई सालों से बॉलिंग करते हुए आ रहे हो तो आप विकेट्स ले लोगे बट मैं पहली बार बॉलिंग कर रहा हूँ तो हो सकता है मेरी बॉलिंग पे छक्के पड़े सो दिंग इज जो इंसान कई टाइम से काफ़ी समय से पैसा कमा रहा है इस फील्ड के अंदर है कि वो पैसे कमाने पे फोकस कर रहा है कई सालों से पैसा कमा रहा है और एक इंसान जो पहले दिन पैसा कमाने उतरता है तो जो पहले दिन उतर रहा है वो उतना अच्छा ना करे तो लगातार इस गेम को खेलना पड़ेगा अगर आज आप पहले दिन पैसा कमाने उतर रहे हो सो यू नीट टू अंडरस्टैंड इट इज अ गेम जैसे जैसे हम गेम को खेलते हैं वैसे वैसे हम उसमें प्रो बन जाते हैं हम स्किल सीख जाते हैं कि भाई किस तरीके से ऐसी बॉल आएगी और कैसे छक्का मारना हम सीख जाते हैं सिमिलरली वो कौन सी अपॉर्चुनिटी आएगी जिससे हम कैश कर सकते हैं हम बहुत ज्यादा पैसा कमा सकते हैं कि तभी आएगा जब हम फील्ड पर उतर के पैसे कमाएंगे ये जो गेम है इट इज नॉट लाइक कि आपने एक स्कूल में एक फॉर्मूला याद किया था आप एग्जाम में लिखा है और आपको मार्क्स मिल गए ये ऐसा बिल्कुल नहीं है सी मेकिंग मनी एज ए टोल स्पोर्ट अब एक स्पोर्ट्स में जैसे एक बैडमिंटन प्लेयर टेक्निक सीखता है स्किल सीखता है सिमिलरली एक इंसान जो पैसा कमाता है वो भी स्किल सीखता है सो मेकिंग मनी इज अ गेम एंड यू नीड टू प्ले दिस गेम वेरी ऑफन आपको लगातार इस गेम को खेलना पड़ेगा नाउ सेकेंड रूल ऑफ मनी इज इनकम एक्सपेंस रूल अब ये इनकम वर्सिज एक्सपेंस रूल क्या कहता है वेल well, अभी तक आप जो सोचते थे इनकम एंड एक्सपेंसिस के बारे में आज हम उसे बदल देंगे मुझे बताइए एक सवाल है आपसे एक इंसान राम महीने का एक लाख रुपए कमाता है और जो शाम है वो महीने का तीस हजार रुपए कमाता है तो मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल है आप सबसे कौन ज्यादा बेहतर जो इंसान एक लाख रुपए कमा रहा well, है राम वो एक हम सोचते हैं कोई इंसान एक लाख रुपए कमा रहा है और क्या बढ़िया इंसान एक लाख रुपए कमा रहा है और जो इंसान तीस हजार रुपए कमा रहा है वो बढ़िया नहीं है यहां पर बात आती है इनकम तो चलो हमें पता लग गई क्या हमें एक्सपेंस पता लगे जो राम है वो एक लाख रुपए कमाता है और एक लाख के एक लाख खर्च कर देता है कभी कभी तो क्रेडिट कार्ड के ऊपर वो शॉपिंग कर लेता है और एक लाख रुपए कमाई होती है और खर्चा हो जाता है एक लाख दस हजार रुपये तो माइनस में चला जाता है और उसके पास बचता क्या सेविंग्स में जीरो अल्टीमेटली अगर उसने क्रेडिट कार्ड से कुछ खरीद लिया तो वो ऑलरेडी माइनस में है और जो तो शाम है वो कमाता तो तीस रुपए है बट खर्च सिर्फ बीस रुपए करता है तो उसके बाद बच कितना जाता है दस तो अब आप मुझे बताइए कि कौन बेहतर है वेल well, जो इंसान दस हजार रुपए बचा रहा है वो बेहतर है फर्क यह नहीं पड़ता कि हम कमाते कितना है फर्क इस चीज से पड़ता है कि हम बचाते कितना फॉर श्योर sure, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो बहुत सारा पैसा कमाते हैं बट मेरा क्वेश्चन यही है बचाते कितना हो भाई क्योंकि जो बचाते हो उसी से पता लगेगा कि आप कितने बेहतर हो ना यहां पर दो तरह की प्रॉब्लम है राम के लिए इनकम प्रॉब्लम नहीं है राम के लिए एक्सपेंस प्रॉब्लम राइट राम हैज एक्सपेंस प्रॉब्लम पर जो शाम है शाम के पास एक्सपेंस प्रॉब्लम नहीं है शाम के एक्सपेंस तो बीस हजार रुपए है उसके लिए इनकम प्रॉब्लम है जरा इमेजिन करो शाम के लिए कितना बेहतर होगा अगर उसकी इनकम एक लाख रुपए हो जाए बहुत अच्छा होगा बल आप ऐसा राम के लिए क्यों नहीं सोचते राम की इनकम एक लाख रुपए है तो कैसा होगा अगर उसकी इनकम तीन लाख रुपए हो जाए बहुत बढ़िया होगा जी इनकम अगर तीन लाख हो जाए तो अल्टीमेटली अभी तक आप इनकम और एक्सपेंस में ये देखते थे कि इनकम अच्छी है बहुत बढ़िया फिर आप देखते थे अरे अरे एक्सपेंस एक्सपेंस अच्छे नहीं है expense किसी के बहुत ज्यादा है तो ये प्रॉब्लम है no, ultimately, जो प्रॉब्लम होती है वो हमेशा इनकम ही होती है अगर इनकम बढ़ जाए तो फिर प्रॉब्लम रहेगी नहीं ना बट ज्यादातर लोग इनकम बढ़ाने पर फोकस नहीं करते रूल इज फोकस ऑन क्रिएटिंग मोर एंड मोर इनकम एंड अगर आप ज्यादा इनकम नहीं कमा पा रहे तब एक और रूल आ जाता है और वह रूल ये कहता है स्टे पुअर स्टे पुअर एंड बी रिच अगर आपके पास एक लाख रुपए आ रहा है या आपके पास दस हजार रुपए आ रहा है तो गरीब इंसान क्या करता है वो खर्च कर देता है नहीं नहीं वो बचा के चलता है क्योंकि उसे कमाना नहीं आता पर जब तक आपको कमाने की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही इनकम बढ़ाने की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही क्योंकि इनकम तो बढ़ानी पड़ेगी क्योंकि सोल्यूशन वही है बट जब तक आपको इनकम बढ़ाने की अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही खर्चों को कम करो अगर किसी चीज के बारे में सोचना पड़ रहा है खर्च करने से पहले तो आप मत खर्च करो वेल well, आपको यह देखना पड़ेगा आप खर्च कहां कर रहे हो क्या आप वो नए नए जूते खरीद रहे हो जिनकी आपको अभी जरूरत नहीं है क्या आप सोच रहे नया फोन खरीद लू या फिर आप किताबें खरीदने में सोच रहे हो तो किताब बड़ी महंगी लग रही है जूते महंगे नहीं लग रहे किताब से नॉलेज बढ़ेगी जूतों से कुछ नहीं होगा जूते घिस जाएंगे बट आप कहाँ पे खर्चा करते हो ये आपको जरूर देखना है सो so मैंने आपको बताया इनकम वर्सेस एक्सपेंस रूल में ऑलवेज फोकस ऑन क्रिएटिंग मोर एंड मोर इनकम एंड यस जब तक इनकम नहीं बढ़ रही तब तक क्या करना है स्टे पुअर तब तक गरीबों की तरह जिंदगी जीनी एंड बी रिच हमें दिखावे में नहीं पड़ना अगर हमारे पास पैसा नहीं है पैसा है तो डेफिनेटली आप खर्च कर सकते हो बट सोचना ना पड़े सोचना ना पड़े हेयर कम्स द थर्ड रूल ऑफ मनी एंड इट से ज्यादा पैसा कमाने है तो आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट करो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करो वेल well, मैं आपको यह बताऊंगा डेफिनेटली अगर आपको बड़ा पैसा कमाना है या आपको पैसे के लिए बड़ी सोच लेकर आनी है तो आप रियल स्टेट के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू कर दो अगर आज आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी क्योंकि हम लाइफ टाइम के अंदर हर इंसान इस लेवल पे आना जरूर चाहता है कि मैं रियल स्टेट के अंदर आऊं मैं प्रॉपर्टीज खरीदूं। तो यहां पे मैं आपको एक रूल दे रहा हूं और रूल मैंने क्या बोला 11031 टेन थ्री वन रूल अभी रूल क्या कहता है अगर आपको जिंदगी में कभी भी रियल स्टेट खरीदना हो प्रॉपर्टी खरीदनी हो तो कम से कम सौ प्रॉपर्टी को देखो बिफोर यू बाय एनी प्रॉपर्टी आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदे उससे पहले सौ प्रॉपर्टीज को देखो अगर आपको अपने लिए भी घर लेना है तो पहले सौ घर देखो कोई नहीं देखता लोग क्या करते हैं? तीन चार ऑप्शंस देखते हैं और एक खरीद लेते हैं बट यार आप एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप इतना बड़ा अमाउंट एक जगह लगा रहे हो टाइम निकालो क्योंकि तो कुछ लोगों के लिए प्रॉपर्टी खरीदना अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाना होता है तो सौ प्रॉपर्टी खरीदो उसमें से दस फिल्टर आउट करो आप दस फिल्टर आउट करो हंड्रेड 100 में से 10 को फिल्टर आउट करो भाई ये मेरे काम की किए ये कुछ बढ़िया ऑफरिंग्स हैं इसमें कुछ कमाल की डील मिल रही है मुझे तो आपने देखा कि 10 ऐसी प्रॉपर्टीज हैं हो सकता है जो मार्केट प्राइस से कम में मिल रही हो और लोकेशन बड़ी जबरदस्त हो तो प्रॉपर्टी में एक चीज हमेशा याद रखना आप कभी भी खरीदें कि कुछ मैटर नहीं करता सबसे ज्यादा मैटर करता है लोकेशन लोकेशन और लोकेशन ये मुझे एक बहुत बड़े रियल एस्टेट एजेंट ने बताया था जिसने करोड़ों रुपए कमाए सिर्फ ब्रोकरेज के अंदर कमीशंस के अंदर कि भाई प्रॉपर्टी में जो सबसे बड़ी चीज है ना वो है लोकेशन लोकेशन का है तो वहां पे जब आपने दस डील्स को सेलेक्ट किया कि भाई इनकी लोकेशन अच्छी है और प्राइजिंग मार्केट प्राइस से कम मिल रहा है तो उनमें से तीन को आप ऑफर दो अब यहां पे मुझे एक और मेरे ने एक बात समझाई थी कि अगर कोई चीज ना खरीदनी हो तो उसके वो रेट लगा दो जो सामने वाला दे ना पाए और अगर दे रहा है तो ले लो इसका मतलब क्या है कि अगर लेट से एक प्रॉपर्टी एक करोड़ रुपए की है। और आपको पता है कि यहां पे बस मुझे ऑफर देना है एग्जाम्पल के तौर पर आपको ऑफर देना खरीदने के लिए तो यहां पर आप एक करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी पर आप बोल सकते हो कि भाई मैं इसे अस्सी लाख रुपए में लूंगा आपको पता है एक करोड़ रुपए की वैल्यू है सामने वाला कम ज्यादा नहीं करेगा हो सकता दो चार लाख रुपए कम करे बट आपने अपना एक अमाउंट बोल दिया जी अस्सी लाख रुपए में देनी है तो आप बात करो आप सामने वाला दे रहा है तो ले लो और अगर वो चीज नहीं खरीदी तो फर्क क्या पड़ता है अपना ऑफर दे के आ जाओ तो तीन ऐसी डील में आप अपना जेनवन ऑफर दो और आप देखो जो आपने ऑफर दिया उसके आस कौन आपको डील दे रहा है तो अगर आप ऐसा करोगे तो आपको एक डील ऐसी जरूर मिल जाएगी जिसमें आप जरूर बहुत प्रॉफिट में जाओगे अगर आप अपने लिए घर ले रहे हो तो डेफिनेटली वो बहुत कम पैसों में ले लोगों और अगर आप इन्वेस्ट करने के लिए ले रहे हो तो भी आपको प्रॉफिट देकर so, आप रूल हमेशा याद रखिएगा हंड्रेड टेन रूल ऑफ इन्वेस्टिंग मनी अगर आप रियल स्टेट में पैसा लगा रहे हैं तो ये रूल आपके बहुत कम आएगा नाउ हे कम्स रूल ऑफ मेकिंग मनी एंड दूसरे जो पैसा बनाने की कला है जो पैसे बनाने का जो अल्टीमेट रूल है वो ये है कि हमें फोकस करना है हाउ वी कैन डबल आर मनी इट इज अ डबलिंग गेम हमें पैसे को डबल करना है मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं अगर मैं आपको सौ रुपए दू तो क्या आप उस पैसे को डबल कर सकते हो आप सोचोगे डबल शायद मैं कर सकता हूं एंड फाइनली आप कोई ना कोई ऐसे कंक्लूजन पे आ जाओगे कि यह करके सौ रुपए हो सकता है Now, मैं आपको एक यहां पे एक प्रिंसिपल एक रूल समझा रहा हूं ध्यान से समझना आज हो सकता है आपके अकाउंट में सिर्फ दस हजार रुपए सेम रूल गोज है क्या आप कुछ ऐसा सोच सकते हो जिससे आप दस हजार रुपए को बीस हजार रुपए कर पाओ इफ यू कैन थिंक तो जादू होने वाला है अगर आप इस तरीके की सोच ले आए बिकॉज दिस इज अर माइंड सेट कि मिलेर हमेशा अपने पैसे को डबल करने के लिए सोचता है रिस्क हो सकता है पर डबल करने के लिए सोचता है अब अगर आप दस हजार रुपए को बीस हजार रुपए कर सकते हो तो जब बीस हजार रुपए आ जाए अगेन इट विल नॉट स्टॉप इट इज हम फोकस करेंगे कि बीस हजार रुपए को 40 कैसे बनाया जाए 40 को 80 कैसे बनाया जाए 80 को एक लाख साठ हजार रुपए कैसे बनाया जाए एक लाख साठ हजार को तीन लाख बीस कैसे बनाया जाए और तीन को छः लाख चालीस हजार कैसे बनाया जाए अब आप एक बात को समझो अगर आप ये डब्लिंग गेम सीख गए आपने ऐसा माइंडसेट डेवलप कर लिया कि भाई पैसे को डबल करना है और क्या करना पड़ेगा उसके लिए आपने दिमाग लगाना शुरू कर दिया तो भाई आप शुरू हो सकता है दस हजार रुपये से कर रहे हो बट आप अपने अकाउंट में देखोगे कुछ टाइम बाद कि भाई छः लाख चालीस हजार और ये होता है उन लोगों के साथ जो अपने पैसे को डबल करना जानते देखो मैं तो जानता हूँ कितना टाइम लगा मुझे पैसे को डबल करने में हो सकता है अभी तक मैं अपने पैसे को 10-15 बार डबल कर चुका जो पैसा मेरे पास आज से 5 साल 6 साल पहले था अकाउंट में उसे मैं 10-15 बार डबल कर चुका आपके पास अकाउंट में जो भी पैसा है उसे दस बार डबल करके देखना जरा कितना अमाउंट आ रहा है आप हैरान रह जाओगे कि अगर आपने डबलिंग गेम सीख लिया तो होगा क्या कि आप अपने पैसे को 10 गुना अगर मल्टीप्लाई कर दो तो तो भी आप करोड़पति बन जाओगे एंड इट इज दिस इज ऑल मिली मनी पैसे को डबल करना है सो so, अगर आपको ये कंसेप्ट थोड़ा सा समझ आ रहा है तो आज से फोकस करो हाउ यू कैन डबल यूर मनी एंड अगर आप मेरे से सीखना चाहते हो तो इस चैनल से दूर मत जाना क्योंकि मैं लगातार आपको यह सिखाता हूं भाई अमीर कैसे बनना है जल्दी बनना है अमीर बनोगे तभी सपने पूरे होंगे ना हे कम्स द फिफ्थ रूल ऑफ मेकिंग मनी टाइम इज इक्वल टू मनी रूल अब आपको लग रहा होगा कि आपने ये रूल तो कहीं ना कहीं सुना हुआ है भाई हाँ पैसा तो वक्त के बराबर है भाई पैसा अगर हम बात करें तो वक्त की अहमियत कम नहीं है कुछ लोग आपको ऐसे बोलते होंगे कि यार वक्त पैसा है टाइम इज मनी आपने सुना होगा बट मैं आपको यह नहीं बता रहा हूं मैं आपको अभी एक Different scenario दे रहा हूं इस बारे में सोचने का वट इज दिस रूल ऑल अबाउट आइट देखो आप कुछ खरीदने जाते हो आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हो आप अपने लिए एक बर्गर या कॉफी खरीदते हो अब नेक्स्ट टाइम जब आप एक बर्गर और एक कॉफी खरीदने जाओ और आपका 800 रुपए का बिल आ रहा हो तो बड़ी ध्यान से एक चीज को समझना और अपने आप से सवाल पूछना इस आठ रुपए को कमाने के लिए मुझे कितना टाइम लगता है कुछ लोगों को 800 सौ रुपए कमाने के लिए एक घंटा लगता है मतलब अगर आपकी इनकम से लाख रुपए है तो आप दिन का तीन हजार रहे हो अगर आप दिन का तीन हजार रुपए कमा रहे हो और आप आठ घंटे दस घंटे काम कर रहे हो तो अगर आप दस घंटे काम करते हो तो आप एक घंटे के तीन सौ रुपए कमाते हो अप्रोक्सीमेटली आठ सौ रुपये कमाने के लिए आपको तीन घंटे लगेंगे तो आपने एक बर्गर और एक कॉफी खरीदी आपका आठ सौ नौ का बिल आ गया तो आपकी इनकम एक लाख रुपए है तो उसके हिसाब से आप ये पूछो कि भाई मुझे तीन घंटे अगर काम करना पड़े और तब काम करके मैं ये कॉफी और ये बर्गर खरीद पाऊँ तो क्या ये वर्थ होगा वेल well, एग्जाम्पल दूसरा लेते हैं अगर इनकम दस हजार रुपये है और आठ सौ का बिल आ गया नौ सौ का बिल आ गया तो ये देखो कि मुझे कितना टाइम लगेगा आठ सौ कमाने में अगर इनकम दस है तो इंसान अप्रोक्सीमेटली दिन का तीन कमा रहा है बट मैंने लोगों को देखा है इनकम है दस बारह घूमने जाते हैं खाने पीने जाते हैं हजार रुपए का बिल आ जाता है बट कुछ सोचते नहीं बट आज से सोचना शुरू करना है भाई लो हॉलीडेज प्लान करते हैं यू गाइज प्लान हॉलीडेज राइट आप मुझे देखते हो यार पुष्कर तो बड़ा ट्रैवल कर रहा है वर्ल्ड में यार यूरोप जा रहा है यहाँ जा रहा है वहां जा रहा है जरा आपने आपसे सवाल पूछो वाई आई कैन डू दिस बिकॉज मैंने अपनी इनकम को बढ़ाया बट जिन लोगों के पास आज उतनी इनकम नहीं है अभी मैं रिसेंटली एक ट्रैवल वेकेशन पर गया वहां पर दिन का रूम का स्टे एक लाख रुपये था अब एक लाख रुपए कमाने के लिए मुझे लगता है आधा दिन मैं छह घंटे के अंदर अंदर एक लाख रुपए बड़े आराम से कमा सकता हूँ उससे भी कम टाइम में कमा सकता हूं तो वहां पे एक लाख रुपए खर्च करना एक रात के लिए मेरे लिए बड़ी बात है बट एक इंसान जिसकी इनकम तीस हजार रुपये है वो भी ये प्लान करता है कि मैं एक वेकेशन पर जाऊँगा वहां पर तीन चार लाख रुपये खर्च कराऊंगा तीस की इनकम तीन चार लाख रुपये खर्च करके आएंगे भाई साहब तो एक साल मेहनत करोगे आप वो एक हफ्ते की वेकेशन के लिए तीन चार दिन की वेकेशन के लिए सो इज इट वर्थ इट यू आज प्योर अपने आप से पूछो आप नया फोन खरीद रहे हो एक फोन को खरीदने के लिए आप कहते हो मुझे एक पूरे महीने काम करना पड़ेगा तो एक महीना या दो महीना काम करके आप एक फोन खरीदोगे सो आज प्योर सेल्फ इज इट वर्थ इट आपने एक लाख रुपए का आईफोन एक्सेस खरीदना है एक इंसान की इनकम है तीस रुपए तीन महीने से ज्यादा वो काम करता रहेगा तब जाके एक फोन कमाएगा इज इट वर्थ इट एक फोन के लिए अगर आपको तीन महीने काम करना पड़े तो आप अपने आप से सवाल पूछो। आपसे आप आज कुछ भी खरीदने वाले हो अपने आप से सवाल जरूर पूछना क्या ये मेरे लिए वर्थ रहेगा देखो मैं आपको बहुत ज्यादा पैसा बचाने वाला हूं मुझे पता है कि मैं आपका पैसा बचाने वाला हूँ एंड इसीलिए आप इस वीडियो को अभी तक देख रहे हो बिकॉज यू जेन्युअनली वॉन्ट टू नो अबाउट मनी राइट सो यहाँ पे टाइम इजिकल्स टू मनी रूल को हमेशा याद रखना कि आप देखो जो पैसा खर्च कर रहे हो उसके लिए आपको कितना काम करना पड़ता है और अगर आज आप पैसा नहीं कमा रहे हो और आप अपने माँ बाप का पैसा खर्च कर रहे हो तो माँ बाप को कितना टाइम लगता है उतना पैसा कमाने में जो आप आज खर्च करने वाले हो आस्क योर सेल्फ दिस क्वेश्चन नाउ द सिक्स रूल ऑफ मेकिंग मनी इज दैट मनी इज अ जेलेस लवर मनी इज लाइक अ जेलेस गर्लफ्रेंड ये एक ऐसी गर्लफ्रेंड की तरह है कि अगर आपने इसे टाइम एंड अटेंशन नहीं दिया तो ये किसी और के पास चली जाएगी जेलेस है तो मुझे टाइम नहीं दे रहे मैं किसी और के पास जा रही हूं तुम्हें छोड़कर सिंपल आपको इसे समझना पड़ेगा पैसे को अटेंशन चाहिए आप पैसा कमाने के लिए कितना ध्यान देते हो यह आपको देखना पड़ेगा अदरवाइज पैसा किसी और के पास भाग जाएगा अगर आपको अपने पास पैसा रखना है तो पैसे की तरफ ध्यान देना पड़ेगा क्या आपका पैसा बढ़ रहा है क्या आप पैसा कमा रहे हो क्या पैसा आपके पास आ रहा है नहीं आ रहा पैसा आपके पास है या नहीं है वो भाग जाएगा तो आप पैसा कमाने की तरफ ध्यान दो पैसे को इम्पॉर्टेंस देना शुरू करो बट हमें इंडियन सोसाइटी में सिखाया जाता है कि पैसा अच्छा नहीं है पैसे के बारे में बात मत करो और आप देखोगे उन्हीं लोगों के पास पैसा नहीं होता जो लोग ऐसा बोलते हैं बट इफ यू वॉन्ट मनी यू नीड टू ट्रीट इट लाइक योर गर्लफ्रेंड कि गर्लफ्रेंड को अटेंशन देंगे ध्यान देंगे तभी वो हमारे पास रहेगी वरना भाग जाएगी किसी और के पास जो ज़्यादा टाइम दे रहा है ज़्यादा अटेंशन दे रहा है ज़्यादा प्यार करेगा तो प्यार करना शुरू करो पैसे को फाइनलीय कम्स द सेवन रूल ऑफ मनी दैट money इज एन एनर्जी मनी एक एनर्जी है पैसा एक एनर्जी है एक ताकत है ये एनर्जी क्या होती है सी एवरीथिंग इज एनर्जी आप भी एक एनर्जी हो मैं भी एक एनर्जी हूँ यह पूरा ब्रह्मांड एक energy है Everything is energy. एनर्जी ये पूरा सोलर सिस्टम एक एनर्जी है और एनर्जी हमेशा ट्रावल करती है ये रुकती नहीं एक जगह यह ट्रावल करती है ये ट्रैवल करती है फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशंस के अंदर हर चीज वाइब्रेट हो रही होती है अगर आपको पता है, you know तो है।, है तो आपको यह भी समझना पड़ेगा जो पैसा है इसे वो कागज के नोट नहीं है ये वो आपके अकाउंट के अंदर डिजिट नहीं है यह एक एनर्जी है एंड एनर्जी अट्रैक्ट होती है उस ग्रेविटेशनल पुल की तरफ जहाँ पे ऑलरेडी एनर्जी होती है जहाँ पे आप देखोगे पैसे का पुल होता है वहां पे ही और पैसा आता है अमीर लोगों के पास और ज़्यादा पैसा आता है क्यों क्योंकि उनके पास एक एनर्जी होती है वो ग्रेविटेशनल पुल लेकर आते हैं पैसे को अपनी तरफ खींचते हैं सो so, अगर आज आपके अंदर वो पुल नहीं है तो वही पुल लेकर आना पड़ेगा पैसे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना पड़ेगा पैसा आकर्षित होता है बिकॉज मैंने बोला एक एनर्जी है जहां पे ज्यादा एनर्जी होगी वहां पे और एनर्जी आएगी इकट्ठा होगी तो आपको अपनी एनर्जी बढ़ानी पड़ेगी और एनर्जी दो तरीके से बढ़ती है आई टे द वेरी फर्स्ट थिंग इट इज अड गेम ये सारा दिमाग की उपज है हमारे दिमाग से सिग्नल्स निकलते हैं अभी अगर आप मुझे सुन रहे हो आपको वो एनर्जी फील हो रही होगी सो यहां से सिग्नल्स निकल रहे हैं और आपकी तरफ जा रहे हैं एंड ये आपको समझना है कि आपको अपने माइंड गेम को ऊपर लेकर जाना है जितनी बड़ी सोच आएगी जिस लेवल के विचार आएंगे उस लेवल की एनर्जी आपकी बन जाएगी जो लोग छोटे कहते ना कुछ लोग छोटे लोग होते हैं वो छोटे लोग पैसे से छोटे नहीं होते अपने माइंड गेम से छोटे होते हैं उनका जो गेम होता है बहुत छोटा होता है वह छोटी एनर्जी के बारे में बात कर रहे होते हैं बट जो लेवल जिनका ऊपर होता है जो बड़े लोग होते हैं उनका माइंड गेम अलग होता है सो so, आपका माइंड गेम क्या है वट आर यू थिंकिंग अबाउट व्हाट आर यूर थाट प्रोसेस And दूसरा तरीका होता है अपनी एनर्जी को बढ़ाने का वो होता है एक्शंस लेना काम करना काम करना अपने माइंड गेम के हिसाब से जिस लेवल के थॉट्स हैं जिस लेवल के विचार आ रहे हैं उस लेवल पे काम करना आज इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो तो मैं आपके विचारों को प्रभावित कर रहा हूं आपकी एनर्जी को प्रभावित कर रहा हूं क्योंकि एनर्जी ट्रांसफर भी होती है मैंने जैसे बोला एनर्जी ट्रेवल करती है हो सकता है इस वीडियो को देखने से कुछ लोगों का बैंक अकाउंट बढ़ जाए क्योंकि एनर्जी ट्रैवल कर रही है एनर्जी जा रही है मेरी एनर्जी भी आपकी तरफ पहुंच रही है डिपेंड ये करता है कि एनर्जी को पकड़ रहे हो या छोड़ रहे हो कुछ लोग लगातार हमारी वीडियोस नहीं देखते मिस कर देते हैं वो सोचते हैं बाद में देख लेंगे वो इस एनर्जी को जो मैं आपकी तरफ भेज रहा हूं उसे पकड़ नहीं रहे बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एनर्जी को पकड़ लेते हैं जो मैं आज आपको दे रहा हूं जो सिखा रहा हूं उसे सीख लेते हैं और अपनी एनर्जी को रेज कर लेते हैं आप किस कैटेगरी में आना चाहोगे इस वीडियो के अंदर मैंने आपको सेवन रूल्स ऑफ मनी के बारे में बताया अब जो लोग इन रूल्स को समझ लेंगे और अपनी जिंदगी में अमल कर लेंगे उनका गेम ऑफ लाइफ चेंज हो जाएगा सो so, वो रूल्स क्या है जल्दी से रिवाइज करते हैं पहला रूल दैट मनी इज अ गेम मेकिंग मनी इज अ गेम जितना खेलोगे उतने प्रो बन जाओगे जो सेकंड रूल मैंने आपको बताया इनकम वर्सेस एक्सपेंस रूल दैट आपको इनकम को बढ़ाना है और जब तक इनकम नहीं बढ़ रही तब तक स्टे पुअर एंड बी रिच आपको तब तक अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करना है बट फोकस करना है इनकम को बढ़ाने में तीसरा रूल मैंने आपको बताया इन्वेस्टिंग रूल है ये अगर आप रियल स्टेट इन्वेस्टमेंट कभी भी करो या फिर आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करो हंड्रेड रूल प्रॉपर्टीज़ को देखो दस को शॉर्टलिस्ट करो तीन को अपना ऑफर दो और एक को करो। Now, उतनी जल्दी आप अमीर बनोगे नाउ द फिफ्थ रूल ऑफ मनी इज मैंने आपको बताया टाइम इजिकल्स टू मनी रूल कौन सा रूल कि आप जब भी कुछ खरीदे आपसे आप देखें कि इतना पैसा कमाने के लिए मुझे कितना टाइम लगाना पड़ता है like दोगे तो पास रहेगी वरना भाग आपको अपनी इतनी एनर्जी बढ़ानी है कि आप उस पैसे को अट्रैक्ट करो अपनी तरफ और उसके लिए क्या करना है सबसे पहले माइंड गेम अपने माइंड गेम को बढ़ाना है थॉट प्रोसेस को अपलिफ्ट करना है लगातार आप मेरी वीडियो देखो और जो सिखा रहा हूं उसे पकड़ लो उस एनर्जी को कैच कर लो और उसके अकॉर्डिंग एक्शन लो काम करो आपकी एनर्जी बढ़ेगी नाउ आई होप इस वीडियो में मैंने आपको बहुत कुछ दिया है और जो लोग ले लेंगे उनकी ज़िंदगी में जरूर उनका लेवल ऑफ लाइफ बढ़ जाएगा आपको इन सात रूल्स में से सबसे पावरफुल रूल कौन सा लगा नीचे कमेंट करके बताओ